हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नैतिक टेक्निकल में तो दोस्तों अगर आप भी एक जियो सिम यूज़र हैं तो कभी ना कभी आपको नंबर या वॉल्टी चेक करने की ज़रूरत पड़ती ही होगी तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम अपने जियो सिम का नंबर या वाल्टी कैसे चेक करें तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें तो दोस्तों दो हम टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डायल पैड को ओपन करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपना डायल पैड ओपन कर चुके हैं अब हमें यहाँ पर सिंपल सा वन टू नाइन नाइन डायल करना है उसके बाद हमें अपने जियो सिम से इस पर यहाँ पर कॉल कर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉल है एक बार डायल हुआ उसके बाद आटोमेटिक जो है कि कट जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमें मैसेज आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा है मैसेज आ चुका है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऊपर में यहाँ पर नंबर शो कर रहा है यहाँ पर कब तक की बैल्टी है यहाँ पर देख सकते हैं 12 नवंबर 2021 तक की बैल्टी है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेढ़ जी डाटा डेली का है ऐसे ही हम अपने जियो सिम का नंबर या बैट्टी चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीजिए हिंद बंदे मातम